दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबके बारे में बताऊंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके बाद ही पूरे देश की पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिन था जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनकी लोकप्रियता आने वाले कुछ वर्षो में इस तरह बढ़ी कि वो अगले तीन इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई दोस्तों आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू आज तक हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून उन्नीस को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और ये भी कांग्रेस पार्टी ऐसी ही थे इन्हीं की गद्दी के नीचे उन्नीस की इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई ग्यारह जनवरी उन्नीस को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी इसके बाद एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ एक वर्ष और 2016 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी लगातार तीन चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गयी ग्यारह वर्ष और उनसठ दिनों तक इंदिरा गांधी पीएम बनी रही और इस समय पर देश के कई बड़े इवेंट्स हुए जिनमें सबसे बड़ा इवेंट था 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर इंदिरा गांधी के टर्म में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण भी करवाया गया उन्नीस में देश की हालत कुछ इस तरह से बदली कि देश में इमरजेंसी जारी कर दी गई ये दौड़ देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और फिर से इलेक्शन कराए गए इस बार देश की सभी बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया और वो इसमें सफल भी रही इतने वर्ष तक चल रहे कांग्रेस राज के बाद पहली बार किसी और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनने वाले थे जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया 24 मई 1977 को उन्होंने कुर्सी संभालनी शुरू कर और दो वर्ष 126 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया इस्तीफे का कारण ये था कि उनकी सरकार उस समय अलग अलग पार्टी के सहयोग से बनी हुई थी और अब उन पार्टी की विचारधारा आपस में टकराने लगी इसीलिए कुछ समय बाद पावर में रहना और सब कुछ मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया इसके बाद चरण सिंह जो कि कांग्रेस से नहीं थे पर फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट करा और प्रधानमंत्री बनवाया कांग्रेस ने जितनी तेजी से उन्हें अपने सपोर्ट से ऊपर चढ़ाया था उतनी ही तेजी से नीचे भी उतार दिया जिसके कारण चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा इसके बाद 1980 में मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटी और इंदिरा गांधी चौथी बार पी बनी करीब साढ़े चार सालों तक पीएम बने रहने के बावजूद 31 अक्टूबर उन्नीस को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री रहे इस समय पर वीपी सिंह जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने बाकी एंटी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जनता दल बनाई इस समय पर राजीव गांधी के ऊपर करप्शन चार्जेस भी उठ रहे थे जिस वजह से लोगों ने राजीव गांधी में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया 1989 में एक और बार इलेक्शन हुए जिसमें जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई जिसके तहत वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया गया सिंह सिंह की बनाई सरकार सरकार आपस में में ही बहुत डिफरेंस बढ़ रहे थे, जिससे स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। जब वीपी बीजेपी मेंबर आडवाणी को अरेस्ट करवाने के ऑर्डर दिए तो इससे बीजेपी उनसे नाराज हो गई जिस वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट हटा दिया और इसके बाद तो हालत और बिगड़ गई वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा जिस तेजी से ये पार्टी नीचे आ रही थी उसी तेजी से उस समय के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर की बनाई समाजवादी पार्टी ऊपर आ गई उन्होंने चौसठ एम के साथ मिलकर पार्टी को शुरू किया कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी जनता पार्टी सत्ता में आई और चंद्रशेखर को पीएम बनाया गया एक साल से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया जिसकी वजह से ये पार्टी गिर गई इसके बाद नाइनटीन में इलेक्शन हुए जिसमे कांग्रेस पी नरसिम्हा राव लीडरशिप में आगे आई और पीवी नरसिम्हा राव पीएम बन गए नरसिम्हा राव पहले पीएम थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए हमारे देश की इकॉनमी को बहुत फायदा हुआ नरसिम्हा राव पहले पी एम बने जो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे पर फिर भी पूरे पांच सालों का ऑफिस टर्म कम्प्लीट करा इसके बाद अगले तीन सालों में चार बार प्रधानमंत्री गए। और फिर इंद्र कुमार गुजराज जिन्होंने तीन सौ बत्तीस दिनों तक पीएम की कुर्सी संभाली और इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने नाइनटीन नाइनटी एट में बनी सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए जैसे उन्होंने पोखरण में पांच अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराए ऐसा करने से यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्री भी खुश नहीं थी और इसी वजह से इन्होंने इंडिया पर कुछ इकॉनमी सैंक्शन लगाने की कोशिश की पर उस समय इंडिया के पास रशिया फ्रांस जैसी कंट्रीज का सपोर्ट था जिस वजह से सैक्शन सफल न हो सके इस समय पर ऑल इंडिया अन्ना द्रिवड़ा पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा लिया जिस वजह से वाजपेयी की सरकार बिखर गई इस समय पर पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर भी शुरू हो गई इसके बाद 1999 में फिर से उन्नीस सौ निन्यानवे वाजपेयी ने, ने इनके बाद इकॉनमी के हित में कई निर्णय लिए इससे इकॉनमी काफी हद तक संभल गई भारत में पहले के मुकाबले बहुत तेजी से सड़के और हाईवे बनाए गए इसी समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में सड़कों का निर्माण कराया गया फिर 2002 गुजरात कॉमिनियल राइट्स हुए जिनमें करीब 2000 से भी ज्यादा डेथ्स हुई। अलावा भी वाजपेयी ने अपना ऑफिस टर्म पूरा किया और वो ऐसा करने वाले पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। 2004 में चुनाव हुए और अब कांग्रेस बीएसपी और एसपी की मदद से मेजोरिटी सरकार बनाने में काबिल रही और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने दो में राइट टू इन्फॉर्मेशन पास कराया गया और कई देश जैसे अफगानिस्तान रशिया और कुछ और गल्फ कंट्रीज से इंडिया के साथ इस समय पर और अच्छे संबंध हो गए मनमोहन सिंह के पहले टर्म में ही नवंबर 2008 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए 2009 में फिर से इलेक्शन का समय आ गया और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही हालांकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के ऊपर कई घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने लगे थे पाँच साल बाद समय आया आज तक के सबसे यादगार चुनाव का 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मजबूत ज्यादा मजबूत तरीके से लौटी। उनकी पार्टी का चेहरा बने नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जैसी लहर देश के कई दशकों के बाद दिखी जब पूरा देश सरकार में बदलाव चाहता था इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और गुजरात के सीएम रह चुके मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया मोदी के आने से देश भर की पॉलिटिक्स में सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई इसमें सबसे बड़ा योगदान इंटरनेट का भी साबित हुआ मोदी की कई योजनाएं सफल हुई तो कई फेल भी हुई एक बार निश्चित है ऐसा अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करा सका अब देखना होगा की दो हजार चौबीस में प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा और अब देश की सरकार का रुख किस तरफ होगा दोस्तों आपके हिसाब ऐसी इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा आप हमें कॉमेंट में जरूर बताए आप उस नेता को क्यों सपोर्ट करते हो और आप हमें यह भी कमेंट करके बताएं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद